कि जो मेरी पीठ पीछे भूक रहे हैं उन्हें भूकने दो वो मेरे सपनों को मजबूत कर रहे हैं और अभी शांत हूँ तो शांत रहने दो कि अभी शांत हूँ तो शांत रहने दो वरना ऐसा ज़ख्म दूंगा कि तुम्हारी पीढ़ियाँ सदियों तक याद रखेंगी